हेलो एवरीवन सो मैंने ये स्पेक्स ऑर्डर किया था एमेज़ॉन पे जो कि आज डिलीवर हुआ है बेसिकली क्या होता है हम जब भी फोर आवर से ज़्यादा मोबाइल या फिर कुछ भी देखते हैं या यूज करते हैं तो हमारी आई ड्राई ड्रा होने लगती है और हमें नींद आना चालू हो जाता है ये हमारे आई के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए देखो तो जो भी लाइट्स हो गई हमारी मोबाइल फ़ोन हो गए टेबलेट्स हो गए कंप्यूटर्स हो गए इनसे ब्लू ब्लू लाइट निकलती है जो कि हमारे आय के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती तो उन सभी चीज़ों से और आजकल तो सभी ऑनलाइन वगैरह सब कुछ स्कूलिंग वगैरह चल रही है तो आई रिकमेंड कि आप सभी ऐसे एक ऑर्डर जिससे कि आपकी आंखें प्रोटेक्टेड रहे राइट सो so, चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बिल्डिंग तो से आया है और सेकेंड थिंग की मेड इन इंडिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि, कि चाइना वाइना जो कि आजकल चल रहा है कि हमें उसको ये अबॉलिश करना है मेड इन चाइना राइट बॉयकॉट करना है तो so, चलिए इसको ओपन करते हैं कि इसमें क्या है और क्या नहीं ठीक है सो देखते सो so, ये इंटेलेंस कंपनी का है आ, यहाँ यहाँ पे इंटेलेंस कंपनी का है, जो कि बहुत अच्छी कंपनी इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी थी आप मैं इसके लिंक दे दूंगा और हाँ क्या मोबाइल फोन्स हमारे आई को कितना इफेक्ट पहुँचाते हैं मैं उसके लिंक दे दूंगा तो आप उस पर जाकर देख सकते हो कि क्या इंपैक्ट पड़ता है हमारे स्मार्टफोन से राइट सो so, इसके जो बेनिफिट्स है सबसे पहली बात तो ब्लू लाइट से प्रोटेक्शन देता है जो कि हमारे मोबाइल और टी वी इनसे निकलता है राइट और ये सभी डिजिटल डिवाइस के लिए सभी स्क्रीन के लिए ये सूटेबल है सेकेंड थिंग जो ये हंड्रेड प्रोटेक्शन है राइट और यू मतलब अल्ट्रा रेज तो राइट? तो राइट सबसे पहले ओपन करने पर हमें बहुत अच्छी पैकिंग बॉक्स मिलता है इंटेलिजेंस के द्वारा ये इसको भी ओपन करते हैं हम यस सो मुझे ये सेफ लाइक मेरे फेस पे ये सेफ सही लगेगा जैसा मैंने ये सेफ मंगाया आप दूसरा भी सेफ्स मंगा सकते हो इसमें कुछ कार्ड्स हैं वारंटी कार्ड वगैरह दिए गए हैं एक साल तक की वारंटी भी इसमें मिली हुई है राइट तो इसको भी साइड में रखते हैं ओरिजिनल लेंसेज एवरी थिंग यहाँ पर गया ऑथेंटिक कार्ड है आप अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है ब्रांड तो आप इन कार्ड्स का यूज़ करके इसको रिप्लेस करवा सकते हो और वहाँ पर जा भी सकते हो उनकी सर्विसेज़ के बारे में बताया गया सारी फ़ीचर्स अच्छी कंपनी यही है मैंने इसके बारे में पढ़ा हुआ था गूगल पर सो आप ये भी देख सकते हो सेकेंड थिंग ये इसको साफ़ करने के लिए अब इसको ओपन करते हैं सो so, ये भी बहुत सही मैं मुझ पर तो बहुत सही मैच हो रहा था तो मैंने इसको इस तरह का ये वाले सेप का मंगाया आप दूसरे भी सेप को सेप्स के मंगा सकते हो जो भी आपको सही लगे और इसको मैंने जब इसको मैंने लगाया तो यह रियली बहुत ज़्यादा ये यूजफुल है और बहुत प्रोटेक्ट करता है हमारी आइज़ को सो so, मैं रिकमेंड करूँगा आप सभी जो भी यूज़ करते हो आजकल ऑनलाइन वगैरह स्टडी चल रही है तो आप अपने आइस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आई ज़्यादा यूज करो क्योंकि मैं दिन में बारह से तेरह आवर मोबाइल पे रहता या फिर अपने कुछ काम ही करते रहता हूं। हूँ so, मेरी तो आई स्ट्रेन हो रही थी, है बाकी अगर क्या करता है तो so, क्या इंपैक्ट करती है हमारे को ये जो टीवी है इसके बारे में भी मैं लिंक दे दूंगा वीडियो में तो आप देख सकते हो ब्लू लाइट क्या होती है और किस तरह से हमारे आईस को इंपैक्ट करती है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक्स